एक बार एक प्रसिद्ध महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है महात्मन मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है महात्मा ने कहा पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा व्यक्ति ने कहा हम सभी लोगों के पास दो हाथ दो पैर एक दिमाग और 24 घंटों का समय होता है लेकिन कुछ थोड़े से लोग बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं सभी उनकी इज्जत करते हैं उनसे दोस्ती करना चाहते हैं उनके साथ समय बिताना चाहते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ सफलता की चाहत लिए और एक सामान्य सा जीवन जीकर ही इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं तो आखिर ऐसा क्यों होता है क्या फ़र्क है इन दोनों प्रकार के लोगों में व्यक्ति का प्रसन्न सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराए और बोले सफल और असफल व्यक्ति में केवल एक ही चीज का फर्क होता है और वो है उनकी आदतें तुम हर रोज क्या चुनते हो इसी से निश्चित होता है तुम क्या बनोगे अगर तुम आराम आलस्य और छोटे कामों को चुनते हो तो असफलता निश्चित है लेकिन अगर तुम हर रोज मेहनत अनुशासन लगन चुनौती और मुश्किल कामों को चुनते हो तो तुम्हारी सफलता निश्चित है लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग अनजाने में ही अपने आसपास माहौल माता पिता और लोगों की वजह से ऐसी आदतों और दिनचर्या के साथ बड़े हुए हैं जो उन्हें सफल होने से रोकती है और ऐसा इंसान नहीं बनने देती जैसे वो बनना चाहते हैं ज़्यादातर लोग सिर्फ खाने पहनने घूमने छोटे मोटे काम करने और फिर मर जाने तक के बारे में ही सोच पाते हैं क्योंकि वो लोगों को यही सब देखते बड़े हुए हैं तो ऐसे लोगों की जिंदगी में चमत्कारी बदलाव केवल तभी आ सकता है जब वो अपनी सोच दिनचर्या और रोज की आदतों में बदलाव लाएं व्यक्ति ने कहा महात्मन आपने आदतों की अहत्व के बारे में बात की तो क्या आप मुझे ऐसी पाँच आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपनाने से मैं न केवल आर्थिक रूप से सफल बनूं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनूं, समाज में मेरी इज्जत हो लोग मेरे काम से प्रेरणा लें और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकूं। महात्मा ने कहा बिल्कुल आज मैं तुम्हें जिन पांच आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ उनका प्रभाव तुरंत नहीं दिखेगा लेकिन अगर तुम इन पांच आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो, तो तुम दुनिया के 99 लोगों से आगे रहोगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ने कहना शुरू किया। पहली आदत अपनी सुबह का नियंत्रण अपने हाथों में लो हर सुबह हमारे पास दो विकल्प होते हैं पहला कि हम सोते हुए लगातार सपने देखते रहे या फिर सुबह जल्दी उठकर उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग पहला विकल्प ही चुनते हैं और खुद को बिस्तर के आराम से निकलने नहीं देते और जब ये देर से सोकर उठते हैं उसके बाद भी अपना सुबह का बचा हुआ समय फालतू के कामों जैसे इधर उधर घूमना या बैठ दोस्तों या घर वालों के साथ गप्पे मारने में निकाल देते हैं और ये एक असफल और शिकायत करने वाले व्यक्ति की निशानी है लेकिन अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठकर पहले दो घंटे खुद पर लगाओ कम से कम 20 मिनट एकांत एक में पैदल घूमने के लिए जाओ ऐसा करना तुम्हारे दिमाग में नए और सकारात्मक विचारों को जगह देगा उसके बाद 20 मिनट का ध्यान करो यह तुम्हें दिन भर शांत और खुश रखेगा कम से कम 30 मिनट रोज व्यायाम करो इससे तुम्हारा शरीर ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है रोज सुबह 15 मिनट सूर्य की रोशनी शरीर पर पड़ने दो ऐसा करना तुम्हें निरोगी रखने के साथ साथ तुम्हारी निराशा भरी मानसिकता को कम करेगा तुम्हारे अंदर आशा और उम्मीद बढ़ाता है रोज सुबह कम से कम 30 मिनट से एक घंटे का समय उस काम के बारे में पढ़ने या सीखने में लगाओ जिस क्षेत्र में तुम सफल होना चाहते हो रोज सुबह के एक घंटे का समय यह अभ्यास तुम्हें उसी क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगो ऐसी बहुत आगे लाकर खड़ा कर देगा सुबह के पाँच घंटे सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं इसीलिए इस समय किसी दूसरे के हाथ मत आओ। सुबह के इस समय को खुद को बेहतर बनाने और लक्ष्य को पूरा करने में लगाओ दिन के सबसे मुश्किल कामों को सुबह सुबह ही खत्म करने की आदत डालो ये आदत तुम्हें चिंता मुक्त और मन को हल्का करेगी अपने सुबह के कुछ घंटे सफल बनाओ और ये तुम्हें सफल बना देंगे महात्मा ने कहा दूसरी यादत हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहना वंद करो अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो हो जाते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है ऐसा करके तुम लोगों की नजरों में अपना मूल्य खो देते हो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते अगर हर इंसान अपनी मर्जी के अनुसार तुम्हारे समय का उपयोग कर रहा है और तुम आसानी से सभी के लिए उपलब्ध हो तो तुम कभी भी प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते तुम्हारी इस कमी की वजह से लोग तुम्हारी अच्छाइयों पर भी ध्यान नहीं देते और तुम्हें हल्के में लेते हैं लेकिन इसकी जगह अगर तुम समझदारी के साथ अपने समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और तुमसे प्रेरणा भी लेंगे ध्यान रखो सूरज की अनुपस्थिति में ही लोग उसकी कीमत को नहीं जान पाते जितने लंबे समय तक बरसात के बादल रहेंगे उतनी ही ज्यादा लोगों के अंदर सूरज को देखने की चाहत बढ़ेगी गर्मी में ज्यादा धूप के कारण लोग जिस सूरज को ना पसंद करते हैं सर्दी और बरसात में लोग उसी सूरज का इंतजार करती हैं। लेकिन सिर्फ तुम्हें लोगों को दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति को कम नहीं करना बल्कि तुम्हें कम उपस्थित रहना है क्योंकि तो तुम अपने समय की इज्जत करते हो और अपने काम को लेकर गंभीर हो महात्मा ने आगे कहा तीसरी आदत जल्दी निर्णय लेना सीखो कम विचार वाले लोग हर लेने में समय लगाते हैं लेकिन जो उच्च प्रदर्शन वाले लोग होते हैं वो जल्दी निर्णय करते हैं और काम पर लग जाते हैं जल्दी निर्णय लेने वाला इंसान देर से निर्णय लेने वाले इंसान से हमेशा आगे रहता है क्योंकि देर से निर्णय लेने वाले इंसान जब तक सोचेगा और हर संभावित विचार के बारे में बात करेगा तब तक एक निर्णायक व्यक्ति निर्णय लेकर काम भी शुरू कर चुका होगा और जरूरत पड़ने पर खुद को या अपनी योजना को बदल चुका होगा इसलिए निर्णायक बनो तुरंत निर्णय लेने की काबियत होना एक बहुत बड़ी ताकत है बिना ये जाने कि जो निर्णय में ले रहा हूँ वो सौ सही है या नहीं मुश्किल समय में ऐसे निर्णय लेने के लिए बहुत ही आत्मविश्वास और हिम्मत की जरूरत पड़ती है लेकिन जल्दी निर्णय लेने का फायदा यह है कि किसी भी समय जरूरत पड़ने पर हम बदलाव कर सकते हैं अक्सर लोग ये कहते हैं कि जानकारी एक ताकत है लेकिन यह हर समय सही नहीं है ज्यादा जानकारी तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर तुम अपना बहुत ज्यादा समय जानकारी इकट्ठा करने सोचने और योजना बनाने में लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सबसे कम समय में उस काम को करने वाले हो इसीलिए ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है कुछ समय लेकर ठीक से सोच लो लेकिन जब एक बार निर्णय ले लिया तो उसी के साथ चिपके रहो जब तक कि उसे बदलना बहुत ही जरूरी न हो जाए। जल्दी लिया गया अधूरा निर्णय भी उस सही निर्णय से भी सही है, है। जो समय निकलने के बाद दिया गया है। जल्दी निर्णय लेना सीखने का केवल एक ही तरीका है कि जितना हो सके उतने निर्णय लो और उनसे सीखो न कि सिर्फ जानकारी लेते रहो और सोच विचार कर खुद को एक समझदार व्यक्ति बनने का इंतजार करते रहो चौथी आदत सही त्याग करना सीखो तुम चाहो या न चाहो तुम्हें हमेशा किसी न किसी चीज का त्याग करना ही पड़ेगा अगर तुम त्याग नहीं करते तो तुम्हें अपने लक्ष्य का त्याग करना पड़ेगा जब तुम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो तब भी तुम अपने संभावित सुंदर भविष्य का त्याग कर रहे होते हो इसीलिए तुम्हें सही चीज़ को छोड़ना आना चाहिए तुम्हें कुछ समय के लिए अपने आराम पसंदीदा खाने घर और रिश्तेदारों का भी त्याग करना पड़ सकता है यह त्याग हर समय आसान नहीं होता खासकर जब तुम जवान होते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं अपने आराम और खुशी को क्यों छोड़ूँ लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हें आज के आराम और खुशी से आगे कुछ नहीं मिलने वाला दुख और पछतावे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हमेशा ही त्याग करना पड़ेगा और तुम्हारा पूरा जीवन निराश हो जाएगा ये त्याग केवल कुछ समय के लिए है लेकिन एक बार जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हें उतने त्याग नहीं करने पड़ेंगे जितने तुम्हें आज करने पड़ रहे हैं लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोगों को तुरंत ही खुशी और सफलता चाहिए जो उन्हें छोटे मोटे त्याग करने से भी रोकती है लेकिन त्याग का दूसरा पहलू यह है कि तुम अपने सर्वोच्च क्षमता तक पहुंच सकते हो और वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसके तुम सपने देखते हो इसीलिए सही चीजों का त्याग करना सीखो हाथ्मा आगे कहा पांचवी आदत अनुशासित रहो जितनी भी बातें मैंने अभी तक बताई हैं, वो सब वे मतलब है। अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है तो हर इंसान अनुशासन के मतलब को जानता तो है लेकिन फिर भी अनुशासित नहीं रह पाता अनुशासन की बातें करना और इसे जीवन में उतारना वो बिल्कुल अलग चीजें हैं लेकिन एक अनुशासित जीवन जीना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना ये लगता है अगर तुम खुद के प्रति ईमानदार हो तो ये बहुत आसान है तुम हर रोज वह काम करना शुरू करो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए फिर चाहे तुम्हारा वो करने का मन करे या ना करे शुरुआत अपने विचारों से करो सुबह जैसे ही नींद खुले आलसी की तरह पड़े रहने की बजाय तुरंत बिस्तर छोड़ दो कसरत करो स्नान करो ध्यान करो फिर अपने सबसे जरूरी काम करो अनुशासन हमें अपने लक्ष्य की खुद, खुद को शांत रख सकते हैं अनुशासन एक धागे की तरह होता है जितनी बार लपेटोगे उतना मजबूत होता चला जाएगा अनुशासन की कमी हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर बनाती है और कमजोर आत्मविश्वास के साथ कोई भी इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं कर सकता इसीलिए अपनी कमजोरियों के साथ लड़ते हुए रोज अपने अनुशासन को मजबूत करते चले जाओ क्योंकि अनुशासन के द्वारा ही दूसरी अन्य हादतों का अपनी सफलता के लिए उपयोग किया जा सकता है दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी चैनल ऐसी जाने ऐसी पहले हमारे चैनल विजम इंस्पायर को सब्सक्राइब कर लें